भगवान की लाया वस्तु saathi to ae mere saathi to le ne mere saathi to प्रकार शिषिकारा स्वरदास करता तका। और, और सबदी, गुरुजी सारी सबदी सतिगुरु जी रामाण ये मोह जाए सुंदर बात है चेहड़ा जो भी जो काम करना है गड़ा। वो तू जल्द कर ले, ले, ले। कर ले। देए। देए। सर्वजन का कभी सुनो धर्म